हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपना चैनल बी ट्यूटर में आज है 25 दिसंबर इस चैनल में आपको बिहार डेली करंट अफेयर उपलब्ध कराए जाएंगे जो सिक्सटी और सिक्सटी एट सीडीपीओ और बिहार प्रतियोगिता परीक्षा में मदद करेंगे तो शुरू करते हैं आज का पहले न्यूज से पहली बार बिहार में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और ये आईआरसीटीसी ने पर्यटकों की मांग पर पटना से कोडरमा ध्यान रखिएगा पटना से कोडरमा होते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी एवं श्री डी जी ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ पश्चिमी भारत दर्शन के लिए आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है इस ट्रेन का नाम होगा आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन तो ये पहली बार बिहार में हो रहा है तो पटना से कोडरमा के लिए स्टार्ट होगा तो बात स्टेचू ऑफ़ यूनिटी की हुई है तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में स्टेचू ऑफ़ यूनिटी गुजरात में है और इसका लोकेशन नर्मदा वैली है इसके डिज़ाइनर जो थे वो थे राम भी सुत्रा। इसकी हाइट 182 मीटर पाँच संतानवे फीट है और ये डेडिकेटेड है वल्लभ भाई पटेल जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं उनको डेडिकेटेड किया गया है दूसरी न्यूज़ जो है वो है वी फाईटेक ई विधान आज से लागू होगा बिहार में यानी कि 25 दिसंबर से वी फाईटेक ई विधान लागू होने जा रहा है इसमें जो है बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अधिवेशन नारायण सिंह अधिवेशन अधिवेश नारायण सिंह ने कहा है कि नेशनल ई विधान को लागू करने वाला बिहार प्रथम राज्य बनेगा ई विधान एप्लीकेशन का जो नाम है ई विधान एप्लीकेशन वो है नेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसको किया जा रहा है और ये केंद्र सरकार में से सिक्सटी परसेंट और बिहार सरकार फोर्टी इसमें योगदान करेगा अगला न्यूज है फीफ हाईटेक ई विधान आज से लागू होगा बिहार में यानी कि 25 दिसंबर से बिहार में लागू होगा बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि नेशनल ई विधान को लागू करने वाला बिहार प्रथम राज्य होगा ये बिहार में प्रथम राज्य है जो बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में ई यानी कि सभी चीज़ ऐप से यहाँ पर किया जाएगा और इस ऐप का नाम होगा नेवा इस ऐप का नाम है नेवा ई विधान एप्लीकेशन नेवा नाम से जाना जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये किया जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा सिक्सटी परसेंट और बिहार सरकार द्वारा चालीस परसेंट इसमें योगदान होगा और इसमें जितने भी प्रश्नकाल या शून्यकाल के जितने भी प्रश्न होते हैं वे सभी इसमें ऐप के थ्रू किया जाएगा और ये पूरा पूरी ई होगा अगला न्यूज़ है उदित नारायण उदित नारायण समेत पंद्रह को राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है आप सभी को मालूम होगा कि उदित नारायण जी जो हैं वे बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा बिहार प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय अटल सम्मान राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार स सा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें उदित नारायण समेत पंद्रह को राष्ट्रीय अटल सम्मान दिया जा रहा है आज पच्चीस दिसंबर है और आज ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था उसी के शुभ अवसर पर जो हमारे गायक उदित नारायण जी हैं उनको राष्ट्रीय अटल सम्मान से पुरस्कृत किया जा रहा है सबसे पहले अपनी गायकी से बिहार का नाम रोशन करने वाले गायक उदित नारायण को सम्मानित किया गया उनका वर्ण हुआ था जन्म हुआ था सुपौल के बिहार डिस्ट्रिक्ट में अगला जो न्यूज़ है वो है बिहार में बने डबल डेकर पुल का जो उद्घाटन होने वाला है वो 16 जनवरी दो हज़ार को होगा इसका आज ही पच्चीस दिसंबर को उद्घाटन होने वाला था जो किसी कारण वल गया और यह सोलह जनवरी दो को इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये डबल डेकर जो पुल है ये सबसे पहले बिहार में सारन छपरा डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था और ये दूसरा मुंगेर मुंगेर में बन रहा है जो डबल डेकर पुल है और इसका इसके पहले सीएम एम श्री कृष्ण श्री कृष्ण सिंह के नाम से जाना जाएगा यह पुल इस पुल का नाम श्री कृष्ण जो हमारे पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है यह पुल गंगा नदी पे बनी है अगला न्यूज़ जो है वह है बिहार में नाबार्ड ने 5960 करोड़ की ऋण सहायता दी बिहार में नाबार्ड ने दो हज़ार बीस के वित्तीय वर्ष में अब तक 5960 करोड़ ऋण सहायता दी है 31 मार्च दो हज़ार बाईस तक यह पचासी सौ करोड़ पार जाने की संभावना है जो 20 दो हज़ार बीस में वित्तीय वर्ष में 7,103 करोड़ की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक होगा नाबार्ड राज्य सरकार को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि आर के माध्यम से राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है और ये जो नाबार्ड जो है जितने भी राज्य हैं उन सभी में जितने भी आधारभूत संरचना है, जैसे कि बिजली पानी शिक्षा ये, ये सभी आधारभूत संरचना के लिए ऋण उपलब्ध कराती है जो सस्ते दरों पर बिहार सभी राज्यों को दिया जाता है बाढ़ यहाँ पर नाबार्ड की वजह से। है नाबार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका फॉर्मे फॉर्मेशन यानी कि बनाया गया था 1982 में इसका हेड क्वार्टर है मुंबई इंडिया मुंबई में है जो कि इंडिया में है और इसके वर्तमान चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन है गोविंदा राजुल चिंताला तो यह था आज का बिहार करेंट न्यूज तो ये सभी आज के न्यूज हैं इस तरह के डेली बिहार करेंट न्यूज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें